सो so, देश पूरे दिल्ली महीने के बाद पूरे एक महीने के बहुत बार कम समय चला तो फिर काफी पैसे अच्छे मैं भूल जाता अपने चलने के मैंने तो फिर आज हम खेल रहे हैं ऐसी गेम्स में आपको फ्री में मिल जाएगा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है और मैं इसे क्यों खेल रहा हूँ बजट कैसे बजट का है आप सब्सक्राइब करो तो बजट बने नहीं कोई जाता हूं। ओ से करना चाहता हूँ वो यार मुझसे तो अच्छे से खेला नहीं आया इससे कंजोस सिर्फ माउस की जरूरत ही नहीं है भाई ये तो पूरा सीखा रही है यार कौन बोल रहा है भाई कॉपीराइट लग जाएगी कॉपीराइट, कॉपीराइट जो अभी मैं मैं ना खेलना चाहिए था। जब जब मैं होगा। गेटिंग ही मेरा मेरा फेस सब चिराने के लिए शांत रहा हूँ आप एंजॉय करो जल्दी हो जाता है दो मिनट को मैं मैं अभी यूट्यूब से मैं देख चाह मैं अभी जस्ट मतलब बस दो दो एक मिनट हाँ आप दो मिनट देख मिनटे हाँ तो फिर मैंने देख लिया तो कुछ ज्यादा ही सिंपल है बहुत सिंपल है मतलब मैं बेकार नहीं कर रहा था ये भी हाइट पे अब हाथ से कैसा वापिस के लिए देखा कर दो मिलती में देखा आया तो तो तो हमें खराब हो गए यार यहाँ से दही हो रहा है ना उठ लो लो बच गया नीचे एक बार गिर गया तो मैं सीधा तंग कुछ नहीं।, नहीं हो रहा है। नहीं जा रहे एक मिनट में वापिस एक बार भी देख सु मुझे एक शॉक मिला यहाँ से जाने से हो जाए मैं यहाँ से भी जा पे पे बुक्स देखा था खुद अपना कमरा खोलूंगा तो मैं उसके बाद में थी हाँ और वैसे ने अपना जीवन ब्रिल कर सोलह जी बी रैम का अभी मेरा ये चार जीबी रैम का है तो हम उसमें शायद दिक्ति अभी लेकिन बजट के बारे में इसलिए तब तक कीजिए आप प्लीज सब्सक्राइब करते बजट जरूर प्लीज़ जितना बाकी रह रहा हूँ और वो भी अभी नहीं करना है भाई बातें बंद कर तो पीछा हो गया मैं हो है या तो ये भी जोड़ा है ये भी मुझसे गे गेम मैंने अभी जब मैं गया था ना ऑफलाइन तब जब मैंने पहुंच किया था तब इसको मैंने मतलब आप सोचो बल्कि सोचो मैंने जब पहुंच किया था तब तो मैंने या ना या ना बार वो बहुत कैसे ऊपर लग गए हाँ मैं तो तो ऐसा एक मेरा नहीं सर्वर है इसके लिए मैं आपको अगली दिन मेरा खुद का डिस्काउंट सर्वर है वहां पर बातें कर सकते हैं पंचायत या फिर अष्ट प्रधान मंदिर में बातें कर सकते हैं और अगर आप मानकर आपके वीडियोस चाहते हो लाइकअक और जीते भाई की तो प्लीज सब्सक्राइब करो यहाँ पे मैं आपको बता शांति बैठ तो यहाँ से जाना मुश्किल और फिर मैं कर मुझे याद आ गया नहीं जो मैं देखा था Finally, और ये फिर से लग हुँ, हुँ, में लग। अच्छा लग गया अच्छा मैंने वीडियो देख रही गिरा तो सीधा तरा आ गया शादी से पहला ही दूबर हूँ जो कितने जल्दी आता भी पहुंच गया अब मैंने इसका भी जो देख देखा ऐसे, ऐसे ऐसे शान के लिए रहता वॉल्यूम का भी ऑप्शन नहीं दिया था जस्ट मुझे कितना टाइम लगा हुआ मुझे थ्री मिनिट्स लगे लेकिन फिर वो मेरे फर्स्ट टाइम था इसलिए अच्छा है अब जब मैं थोड़ी देर पहले पहुंच रही थी जो ना तब मेरा पीछे भी इनकम्लीट हुआ था लेकिन पूरे पूरे ऊपर जमा के दिन जब मेरे आ गया मैं मेरे को बिचका विचरा कर नो नो नो नो, आ नो, गया नो, नो। आगे आगे बढ़ो ये क्या है का इससे क्या आवाज आई इसके आगे कार बहुत यार, हम देखते हैं। सुख रही है यहाँ से ऊपर जाना है एक्चुअली मैंने रिलो देखा तो है पूरा पर मैंने स्क्रैच वाले का नहीं वाले का देखा स्क्रैच वाला नहीं अब ऐसा करिए स्क्रैच में आप भी गेम्स बना सकते हो कि वाँ, का, वाँ, कहा कि तो तो वो तो बचपन से ही था बॉल ओ ओ हा, हा, हा, हा, हा, पे भाई मैं मैंने क्या क्या मैंने किया से आ गया I think so. चलो, बैट को पकड़ना ये आज के दिन इनकम्प्लीट हो जाएगा मुझसे बस कंप्लीट हो जाए खत्म होने पे आ गया मैं इनका क्या करना है आई थी सो अभी कंप्लीट होने वाला है दो दो बच गया क्योंकि मैंने जब इससे पहले इसे कंप्लीट किया था तब तो टॉप से नीचे गिरा था पूरे टॉप से मैं श बज रहा दो मिनट मुझे नहीं लगता इसका कोई पार्ट बनेगा अगर मैं नीचे गिरा तो ये पिछले में बताई थी वो ठीक तो नहीं होगी लेकिन मुझे उसी प्रॉब्लम की आदत जरूर मिल गई मतलब मैं वैसे ही कंट्रोल के साथ करता हूँ पता नहीं क्या हुआ अचानक से वे कंट्रोल से बदल रहे थे तो मैंने अपलोड किया वीडियो और मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता सकती इसको क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऐप नहीं है वो तो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पी सी महीने से फिर जिन्हें चला था उसको मेरा सपना यार ये भी महीने हर एक बच्चे का सपना था शांत बैठे रहने ना तो पक्का मिलूंगा फिर मैं शांत बैठा मैं खुद ही शांत बैठता हूँ पिछले बार भी यही हुआ था फिर यहाँ पे आया एक गलत जम्प हुई मैं और ना पूरा नीचे पूरा नीचे गया था कोई घुस रहा है ना उसको एक कमेंट करोगा यार मिस्टर बेस्ट को बताओ वही मेरी देने के लिए वो फिर भैं से सारे लोगों से ले लेंगे आज तक ने चलो ऐसे व्यक्ति करैक्टिस की मैंने एक बार कम्प्लीट भी चाहिए से करने लोगों लो के सामने तो सा कि मेरे छोले कम कम कम सब तो रहा है होगा मैं सोचा वर्ल्ड करता है मुझसे यार सत्रह में बाद शायद मेरा भी कोई को ये वाले ना और इजी ही है क्योंकि तो जो ओरिजिनल गाड़ा रहता है, है। वो मैंने मोबाइल में चलाया वो बहुत हार्ड है मतलब नो गुस्सा आ रहा है ये नहीं जेल जिसने बनाया उसको अंदर कभी न सिखी होगा शोरी तो दूर की बात Finally, तो तो finally समझिस के बाद कम्प्लीट हो Guys. आपको पसंद तो आया ये भाई लोग एक वीडियो भी कर पाते हैं मतलब लोग छह सात में आपको आज आपको पसंद आया कराइब न देखता हूँ आपसे ऐसे ही और नए वीडियो में नीडिया बाय